दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा विशालकाय और भव्य मंदिर भी है जिसे छूने से बाहर की रखते हैं तो क्या है है तो कि आप यकीन करेंगे और यह बात बिल्कुल सत्य है भगवान भोलेनाथ का यह मंदिर बहुत ही विशालकाय और भव्य है आपको यह जानकर और भी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के निर्माण में किसी भी ईट चूने सीमेंट यहाँ तक कि किसी भी प्रकार के काडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया बल्कि इस मंदिर को बनाने में सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ जो एक के ऊपर एक क्रमबद्ध तरीके से रखे गए हैं आपको यह जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि इस मंदिर के आसपास कई और मंदिर भी थे जो इस मंदिर से ज़्यादा मजबूत भी थे परंतु वो अब टूट नष्ट हो चुके हैं फिर भी यह मंदिर अभी भी वैसे का वैसा ही अडिग खड़ा है एक पौराणिक कथा के अनुसार यह मंदिर सिर्फ एक रात में ही बनकर तैयार हो गया था वो भी बिना किसी इंसानी हाथों के नमस्कार दोस्तों मैं हूं आरके, आप देख रहे हैं इंस्टाग्ञान दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे ही विशालकाय और भव्य मंदिर के बारे में बताऊँगा जिसके निर्माण की कहानी उतनी दिलचस्प है जितने कि इसके रहस्य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 दुनिया के सात अजूबों में ना शामिल किया गया हो परंतु फिर भी इस मंदिर के बारे में जो भी सुनता है वो इसे देखना ज़रूर चाहता है यहाँ बड़े बड़े आंधी तूफान आए परंतु फिर भी वो इस मंदिर को हिला तक नहीं पाए जबकि इसके आसपास के सभी मंदिर टूटकर नष्ट हो गए यह मंदिर मध्य प्रदेश में मुरैना ज़िले के सियोनिया गाँव में स्थित है और इस मंदिर को हम कंकन मठ मंदिर के नाम से जानते हैं इस मंदिर की एक कमाल की बात यह भी है कि यह मंदिर जिन पत्थरों से बना है वो इस इलाके के आसपास कहीं नहीं मिलते दोस्तों आपको यह सुनकर और भी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के निर्माण में किसी भी ईंट, चूने सीमेंट यहाँ तक कि किसी भी प्रकार के काढ़े का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया बल्कि इस मंदिर के निर्माण में सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े विशालकाय पत्थरों का प्रयोग हुआ जो एक के ऊपर एक क्रमबद्ध तरीके से रखे गए हैं और इन पत्थरों का संतुलन इस तरह से बना हुआ है कि बड़े से बड़े तूफान और आंधी भी इस मंदिर को हिला नहीं पाए स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर में एक चमत्कारी शक्ति है जो इस मंदिर की रक्षा करती है इस मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थापित है आपको यह जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि एक फीट ऊँचे इस मंदिर का गुम्बद और इसके गर्भगृह में स्थित शिवलिंग सैकड़ों साल बाद भी सुरक्षित हैं इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि इस मंदिर के आसपास के बने सभी छोटे बड़े मंदिर टूटकर नष्ट हो गए लेकिन कंकन मठ मंदिर पर समय का अभी तक कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा बताया जाता है कि मुगल काल में इसे तोड़ने के लिए कई प्रयास किए गए यहाँ तक कि इस मंदिर पर गोले भी दागे गए थे लेकिन ग्वालियर के भीड़ों में बना सियोनिया गांव का कंकन मंदिर आज भी जो का तो अडिक खड़ा है कंकनमठ मंदिर के प्रवेश द्वार पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसका एक संक्षिप्त इतिहास लिखा है जिससे आप इस मंदिर का थोड़ा बहुत इतिहास जान सकते हैं परंतु इस मंदिर का रहस्य तो इस मंदिर की दीवारों और समय के काल में दफ्न है कंकन मंदिर को लेकर एक कहानी यह भी बताई जाती है कि इस मंदिर का निर्माण ग्यारहवीं शताब्दी में कछुआ वंश के राजा कीर्ति सिंह के शासनकाल में हुआ राजा कीर्ति सिंह और उनकी पत्नी रानी कंकनावती भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था इसीलिए इसका नाम कंकन मठ मंदिर पड़ा लेकिन भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण में इसका की जिक्र मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण कंकन ने कराया है दोस्तों एक दिलचस्प पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कहीं दूर से पत्थर लाकर एक खाली मैदान में भूतों के द्वारा एक ही रात में कर दिया गया था क्योंकि भगवान भोलेनाथ देवताओं के भी भगवान हैं और भूतों के भी भगवान हैं इसलिए इस कहानी को बहुत ही बल मिलता है स्थानीय लोग बताते हैं कि मंदिर बनते बनते सुबह हो गई थी और कोई जाग गया था जिसकी आहट सुनकर भूत मंदिर के निर्माण के पूरा होने से पहले ही वहां से चले गए कुछ लोगों को यह कहानी मनगढ़ंत लगती है कि एक रात में मंदिर बन गया हो लेकिन मंदिर परिसर में पड़े अवशेषों से यह पता चलता है कि मंदिर का निर्माण बीच में ही छोड़ दिया गया था लेकिन यह बात पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती कहा जाता है कि मंदिर की परिक्रमा पत्थरों की बनी थी और जब मुगल शासकों द्वारा मंदिर पर तोपों से हमला किया गया तो इसकी परिक्रमा को भारी नुकसान हुआ लेकिन वो फिर भी मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए साथ ही कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि जिस सदी में यह मंदिर बना उस काल में यहाँ और भी कई मंदिर बने पूरे मंदिर परिसर में चारों ओर यहाँ वहाँ पत्थरों का जमावड़ा है जिसके बारे में दो तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं पहली कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पत्थर मंदिर के निर्माण में लगना था लेकिन लग नहीं पाया इसलिए यह मंदिर अधूरा रह गया और ये पत्थर आज भी यहीं इसीलिए पड़े हैं और दूसरी जानकारी के अनुसार ये मंदिर पहले भव्य बना हुआ था और जब आक्रमणकारियों ने इस पर शौकों से हमला किया तो ये पत्थर बिखर गए जिन्हें हटाकर अलग से रख दिया गया दोस्तों मंदिर के बारे में एक और कहानी प्रचलित है कि अगर इस मंदिर के पास पड़े पत्थरों को कोई उठाकर ले जाता है तो इस मंदिर के दूसरे पत्थर भी हिलने लग जाते हैं जिससे पत्थर ले जाने वाला भयभीत हो जाता है और वापस वो पत्थर वहीं छोड़ जाता है इस मंदिर को देखकर मन में तो एक बार यही विचार आता है कि कहीं यह मंदिर गिरना चाहे लेकिन यह मंदिर सदियों से अपने स्थान पर जो का तू सीना ताने खड़ा है कंकन मंदिर में कोई पुजारी नहीं है परंतु यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग के कुछ कर्मचारी हैं जो रात होते ही पास के गांव में चले जाते हैं इस मंदिर के प्रति लोगों का खौफ शायद उस मंदिर के लटके हुए पत्थरों की वजह से ही है कंकन मठ मंदिर की देखरेख कर रहे भारतीय पुरातत्व की टीम भी इस मंदिर को नहीं छेड़ती उन्हें इस मंदिर में जाने से डर लगता है कि कई मंदिर गिर ना जाए क्योंकि तो इस मंदिर के निर्माण में किसी भी काढ़े या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया और ऐसे में मंदिर को छेड़ा गया तो वह गिर सकता है क्योंकि इस मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर किया गया है शायद इसीलिए ही भारतीय पुरातत्व की टीम ने इसके सर्वेक्षण कार्यों से दूरी बना रखी है दोस्तों आपको क्या लगता है क्या सच में यह मंदिर एक ही रात में बन गया था आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि इस मंदिर में रात होते ही कोई क्यों नहीं रुक पाता क्या सचमुच यह मंदिर भूतों ने बनाया था आखिर इस मंदिर में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण आसपास के मंदिर तो ढह गए परंतु यह मंदिर अभी भी आश्चर्यजनक रूप से अधिक खड़ा है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए